कभी कभी एक बच्चा आपकी बात सुनना नहीं चाहता है उसे उकसाने के लिए एक आसान तरीका है इसे पहले तब विधि कहा जाता है हम बच्चे को बता सकते हैं कि यदि वो पहली बार वो करे जो हम उसे कराना चाहते हैं तब वो ऐसा कुछ कर सकता है जो वो करना चाहता है उदाहरण के लिए एक माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा अपना खाना खत्म कर दे लेकिन बच्चा नहीं चाहता माता पिता को पता है कि बच्चा बाहर खेलना पसंद करता है तो माता पिता कह सकते हैं पहले खाना खत्म करो तब तुम बाहर जाके खेल सकते हो या बच्चा अपने बालों में कंघी करना पसंद नहीं करता है लेकिन वो कहानियाँ सुनना पसंद करता है माता पिता कह सकते हैं पहले अपने बालों को कंघी कर लो तब मैं तुम्हें कहानी सुनाऊँगा या कोई माता पिता बच्चे को जूता पहनाना चाहते हैं लेकिन बच्चा नहीं मानता तो माता पिता कह सकते हैं पहले अपने जूते पहनो तब तुम मेरे साथ बाज़ार आ सकते हो पहले तब विधि बच्चे को सिखाने का एक आसान तरीका है जब एक बच्चा आपके निर्दोषन का पालन करना सीखता है तो यह रोज़मर्रा की दिनचर्या को आसान करता है